इस नहीं, इसमें भरना भरना? है। उधर में में भर? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं हैं। इसको। आ, उसी को हिंदी हिंदी कहते अरे, तुमको बड़ा पता है हाँ पता है ग्रेजुएट है हम भी लगा लगा रखा है तीन हजार कमाते हैं क्या कमाते होगे महीने का दिन का महीने का नब्बे हजार